और उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था उसके हाथों पर भी बैंडेज बंदी हुई थी और उसके आसपास आस पास पिल्स भी पड़ी हुई थी और उसके सपने में आने वाला सिंबल सामने टीवी पर आ रहा था और उसे कुछ भी याद नहीं था वो उस रूम से बाहर आकर देखती है वही सिम्बल था पास ही में एक फोटो फ्रेम भी था जहाँ पर उसकी और एक आदमी की फोटो थी और एक बच्ची की फोटो भी वही पर लगी हुई थी फिर वो कोट और जूता पहन वहां से बाहर जाती है घर के बाहर भी उसे कोई आस नजर नहीं आ रहा था और कुछ लोग घर के अंदर से अपने फोन पर उसे रिकॉर्ड कर रहे थे वो उनसे मदद मांगती है लेकिन कोई उसे जवाब नहीं देता है वो फिर फोटो ले रही एक लेडी का पीछा करती है लेकिन कुछ दूर जाने पर वो औरत भी छुप जाती है तभी वहाँ पर एक कार आती है और एक आदमी उस कार से निकलता है उसने अपना फेस पर एक मास्क भी पहना था जिस पर वही सिम्बल बना हुआ था और वो आदमी विक्टोरिया पर अपने गन को पॉइंट करता है जिसे देख विक्टोरिया वहां से भागने लगती है और बाकी लोग बस रिकॉर्डिंग कर रहे थे और कोई भी विक्टोरिया की मदद नहीं कर रहा था भागते भागते विक्टोरिया एक गैस स्टेशन पर आती है जहाँ पर जेम और डेमियन थे विक्टोरिया उनसे मदद मांगती है और तभी वे आदमी उन पर गोले चलाने लगते हैं फिर वे तीनों गैस स्टेशन के अंदर छुप जाते हैं और डोर को लॉक कर लेते हैं बाकी के लोग गैस स्टेशन के विंडो से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे और वो आदमी डोर तोड़कर अंदर आता है जैम के कहने पर डेमियन उस आदमी को रोकने की कोशिश करता है और उसी दौरान जेम और विक्टोरिया पीछे के डोर से निकलकर डस्टबिन के पीछे छुप जाते हैं अब जख्मी हालत में डेमन बाहर आता है और बाकी सभी लोग डेमन की बॉडी की फोटोज ले रहे थे मास्कमैन को देखकर विक्टोरिया एक आदमी और वही छोटी बच्ची नजर आती है फिर जेम और विक्टोरिया वहाँ से भागते हैं और उनको एक कार दिखती है जहाँ से मास्क पहने हुए एक आदमी और औरत निकलते हैं जिनके हाथों में हथियार थे जेम के मुताबिक वे सब हंटर्स थे और पासी के टूटे हुए दीवार से वे दोनों वहां से भागती है उनके बाद में दोनों एक घर में छुप जाते हैं जहां पर जेम विक्टोरिया को बताती है विक्टोरिया की चोट देखीकरण जेम कहती है कि उसने अपनी जान लेने की कोशिश की होगी और जेम बताती है की सभी कंप्यूटर और टीवी पर एक सिंपल शो हो रहा है जिसे देखने के बाद में लोग सुसाइड कर रहे हैं और कुछ लोग सब कुछ इग्नोर करके रिकॉर्ड करने वाले बन गए थे जिन लोगों पर भी वह सिंबल असर नहीं हुआ उनमें से कुछ लोग हंटर बन गए जो कि किसी को भी अपने मजे के लिए मार रहे थे जेम टीवी ट्रांसमीटर को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी ताकि टीवी पर से वो सिंबल्स हट जाए और लोग नॉर्मल हो जाएं। और एक टीवी ट्रांसमीटर व्हाइट इलाके में था व्हाइट नाम सुनते ही विक्टोरिया को वही छोटी बच्ची फिर से याद आती है और फिर दोनों घर के बाहर आती है उनको रिकॉर्ड कर रहे दो लोगों को देख गुस्से में विक्टोरिया उन पर पत्थर फेंकती है और वो आदमी अपना फोन छोड़कर वहां से भाग जाता है विक्टोरिया उस फोन को उठाती है और जेम एक शॉटगन से उसे धमकी देती है कि फोन नीचे रखें नहीं तो विक्टोरिया भी सिंबल के असर में आ जाएगी। लेकिन फिर भी विक्टोरिया उस फोन की तरफ देखती है और उसे कुछ विजन्स नजर आते हैं जहाँ पर एक जलती हुई कार के सामने वो खड़ी थी तभी वहाँ पर हंटर आ जाते हैं और उनको देख कर जेम और विक्टोरिया भागते है रास्ते में उनके पास में एक कार आकर रुकती है और कार का ड्राइवर उसके लिए कार का डोर खोल देता है अपनी जान बचाने के लिए जेम और विक्टोरिया उस कार में बैठ जाती है रास्ते में विक्टोरिया बताती है, है लेकिन उसे याद नहीं है की वो कैसे उनको अभी टीवी के ट्रांसमीटर पर नहीं जाना चाहिए क्यूँकी अभी भी वहाँ पर खतरा है तभी विक्टोरिया कहती है की उनको जंगल में रहना चाहिए और वहाँ पर खाना पानी और वह सेफ रहेंगे वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं मिलता है तो कोई भी उनको वहाँ पर पकड़ नहीं पाएगा वे तीनों जंगल तक पहुंच जाते हैं फोटो वाली बच्ची का नाम जेमेनिया था और विक्टोरिया का कुछ याद नहीं था कि वो कहां पर है बैक्स्टर के मुताबिक विक्टोरिया को मेंटल इलनेस है और वो दोनों वीक हैं। तो हंटर उनको आसानी से ढूंढ लेंगे। विक्टोरिया कुछ समझ पाती उससे पहले ही एक गन लेकर उसके पास में आता है जेम भागने वाली थी लेकिन गन चलने के डर से वो रुक जाती है बैक्स्टर एक सिंबल वाला मास्क विक्टोरिया को पहनने के लिए देता है और विक्टोरिया भी वो मास्क पहन लेती है फिर गन पॉइंट पर रखकर बैक्स्टर जेम और विक्टोरिया को एक जगह पर लेकर आता है जहाँ पर कई सर लाशें पेड़ पर लटकी हुई थी और फिर से वहां पर वीडियो रिकॉर्ड करने वाले लोग आ गए थे जेम और विक्टोरिया को गन के पॉइंट पर रखा हुआ था फिर बैक्सटर का फोन बजता है और इसका फायदा उठाकर जैम वहां से भाग जाती है तब बैक्स्टर विक्टोरिया को एक पेड़ से बांध देता है और ड्रिल मशीन निकालता है डर के मारे विक्टोरिया चिल्लाने लगती है और कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता है सबके सब उनकी वीडियो बनाने लगते है वहां पर उसे जलाना होगा और वे उसे मैप भी दिखाती है वो बहुत दिनों से यह करने के बारे में सोच रही थी और अचानक विक्टोरिया को याद आता है की उसने जब मैनिया को पुलिस कार से छुपने के लिए कहा था उससे कुछ विजन्स भी आते हैं जहाँ पर उसे किसी ने बांध कर रखा हुआ था विक्टोरिया जेम्स कहती है कि उसे वाइट नाम में कुछ गड़बड़ी महसूस हो रही है और कुछ समय में दोनों वाइट फैसिलिटी तक आ जाते हैं जहाँ पर टीवी ट्रांसमिटर था और फिर पे विक्टोरिया को विजन आता है कि उसने अपने हस्बैंड को जेमेनिया पर नजर रखने के लिए कहा था उसके हसबैंड ने जंगल में कुछ जलाया था जिससे कि विक्टोरिया कार से देख लेती है अब प्रेजेंट समय में जेम गेट का ताला तोड़कर उस फैसिलिटी के साथ में घुस जाती है और विक्टोरिया को बार बार जैमिया और आदमी का विजन नज़र आ रहे थे उस आदमी के गले पर भी उसी सिंबल का टेटू था लेकिन फिर भी विक्टोरिया जेम के साथ में चल रही थी उस जगह पर हर तरफ कैमराज थे और हंटर के आने से पहले जेम विक्टोरिया को बिल्डिंग के अंदर लेकर आ जाती है बिल्डिंग के अंदर कंट्रोल रूम में जैम सारे कंट्रोल्स को ऑफ करने में लग जाती है सभी तरफ वही सारे सिम्बल्स शो हो रहे थे हर तरफ पेट्रोल डालकर जेम उस जगह को जलाने वाली थी और उसी समय वहां पर हंटर्स आते हैं एक हंटर जेम के साथ में लड़ने लगता है और इसी दौरान जेम के हाथ पर कट लग जाता है तभी विक्टोरिया एक गन लेकर हंटर के ऊपर शूट कर देती है लेकिन गन से गोली नहीं बल्कि कलरफुल पेपर्स निकल रहे थे विक्टोरिया को कुछ भी समझ नहीं आता है और अचानक मशीन वाला डोर खुल जाता है उसके पीछे बहुत सारी ऑडियंस बैठी हुई थी हंटर और जैम विक्टोरिया को एक चेयर पर बांध देते हैं और उसी समय वहाँ पर बैक्स्टर आता है और सभी ऑडियंस ताली बजा रही थी बैक्स्टर विक्टोरिया को एक स्क्रीन शो करता है जहाँ पर विक्टोरिया की असली लाइफ की बात चल रही थी और यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली रात विक्टोरिया और उसके फियानसे दोनों क्रिमिनल थे और उन्होंने जेमीनिया को किडनेप किया था पूरा देश जेमीनिया को ढूंढ रहा था और गायब होने के समय जेमेनिया के पास में व्हाइट बेयर का पुतला था विक्टोरिया जेमिनिया को टॉर्चर करके एक स्लीपिंग बैग में बे बंद करके उसे जंगल में ले जाकर जला दिया था और विक्टोरिया ने जेमिनिया की मदद करने की वजह से उसका वीडियो बना रही थी उस वीडियो के जरिए पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया था और वो सिंबल असल में इयान का टैटू था कोर्ट में विक्टोरिया ने बचने के लिए कहा था कि ईयान ने यह सब उससे करवाया है लेकिन अथॉरिटीज उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है डर के मारे इयान ने जेल में फांसी कर कर लिया था। अपनी सच्चाई तरफ बहुत सारे लोग थे सभी उसे मर्डर कहकर उसके फोटोज और वीडियो ले रहे थे और विक्टोरिया को फिर से उस घर में लाकर रख देते हैं वो बैक्स्टर से अपनी मौत की भीख मांग रही थी लेकिन मौत उसके लिए बहुत ही कम सजा थी बैक्स्टर उसके सामने नींद की गोलियां फेंक देता है और विक्टोरिया के सर पर एक डिवाइस लगा देता है ताकि यही सब मेमोरी वो फिर से भूल जाए टीवी पर जेमिनिया की वीडियोस चल रही थी और कुछ समय में विक्टोरिया की मेमोरी चल जाती है और, हो जाती है और फिर से उस घर को मूवी की शुरुआत जैसे सजाया जाता है और बैक्स्टर कैलेंडर पर मार्क लगाता है बैक्स्टर फिर एक्ट्रेस को अगले दिन के लिए रेडी होने के लिए कहता है और इसके लिए खेल के कुछ रूल्स थे किसी से बात नहीं करना दूरी बनाए रखना और अपने आप में इंजॉय करना जेम कहती है कि अगर विक्टोरिया को बीच में कुछ ठीक से याद भी आया तो टीजर गन से उसे भ्योच कर दिया जाए अब मूवी की शुरुआत की तरह विक्टोरिया होश में आती है और वही सारी इंसिडेंस एक्टर और लोगों की मदद से फिर से होने लगते हैं और इसी तरह विक्टोरिया की लाइफ हर दिन कट रही थी और उसे याद भी नहीं रहता है कि यह सब पहले हो चुका है और इसी के साथ में मूवी ये प्रेंड होती है विक्टोरिया और इयान ने जेमिना को किडनेप करके उसे जिंदा जला दिया था विक्टोरिया उस मौसूम बच्चे के टॉर्चर का मजा लेकर उसका वीडियो शूट कर रही थी पुलिस के पकड़े जाने पर इयान ने सुसाइड कर लिया था लेकिन विक्टोरिया को सबक सिखाने के लिए समाज ने मिलकर उसे एक टाइम लुक में फंसा दिया जहां पर वो हर दिन एक ही समय को जी रही थी